असलम फ्रेंड्स फ्रेंड्स अगर आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आप हर मंथ हजारों डॉलर कमा सकते हैं जी हाँ बिल्कुल बहुत ही ईजी ट्रिक है इतना खास मुश्किल वर्क नहीं है आप इसको मोबाइल पे भी कर सकते हैं वर्क स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको न्यू आने वाली हर वीडियो के अपडेट मिल सके तो देखिए मैंने एक की रखा हुआ है इसका नाम है पिक्चर। ये आप देख सकते हैं इसका मैं थोड़ा सा पहले डिटेल बता देता हूँ कि इसमें वर्क आपने किस तरह करना है और यहाँ लोग किस किस तरह की स्केले सेल कर रहे हैं और किस तरह डॉलर कमा रहे हैं हर मंथ में ये आप देख सकते हैं ये ये ये लेवल वन का सेलर है ये भाई ये 49, इसके पेंडिंग है भाईजान और और इसके इसके पेंडिंग में ऑर्डर इसका इसकी रेशियो आप देख सकते हैं फाइव पॉइंट जीरो मैं थोड़ा सा ओपन करके आपको मजदीद डिटेल्स दिखा सकता हूँ ये आप देख सकते हैं ये कह रहे हैं कि कट आउट टेन पिक्चर नॉन फोटोशॉप और ये कितने में कर रहे हैं 924 सौ रुपए में जो कि एक मिनट में हो जाती है इतना इसमें टाइम नहीं लगता आप इसके लिए कैनवा भी यूज कर सकते हैं कैनवा से आप तकरीबन एक मिनट और या कुछ सेकंड में एक तस्वीर को कन्वर्ट कर सकते हैं उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं ये इसने ये देखें ये चीज भी इसने बताई हुई साथ बैकग्राउंड इस तरह ये बिफोर है पिक्चर और ये आफ्टर क्या ये आप इजीली ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं गूगल से आप सर्च करेंगे वहां से भी आपको इजीली मिल जाते हैं ये। ये उसके बाद ये भाई हैं। इसके पास 85 एटीफर क्यू में है और ये 4.9 स्टार पे है ये बंदा रिव्यूज इसके चेक कर सकते हैं आप और ये कर आ रहे हैं बैकग्राउंड मूव JPEG and PNG high resolution इनका जी हाई आप चेक कर सकते हैं और फाइव इमेज आपको देगा ये पांच डॉलर में करके ये आप देख सकते हैं ये इनका बेसिकर्ड है। पैकेज, है पैकेज देख लें यहाँ ये आपको आठ इमेज करके सेट करके दे रहा है और ये टेन डॉलर में कर रहा है ये देख लें आप खुद देख सकते हैं कोई इतना इसमें मुश्किल वर्क नहीं है और थर्ड पे चलते हैं ये देखें ये इसने शो करवाया हुआ के After ये चीज थी और बिफोर के बाद ये चीज है और इसने 600 सौ ऑर्डर कंप्लीट क्यू हैं और दो ऑर्डर इसके पास क्यू में है और ये कर क्या रहे हैं ये यदि दे आप देख सकते हैं आई विल रिमूव बैकग्राउंड सिंपल ट्वेंटी पिक्चर और फाइव डॉलर विद बेस्ट क्वालिटी क्रॉप रीसाइज फ्री मतलब कि आपको ये बैकग्राउंड रिमूव करके देंगे 20 पिक्चर का पॉइंट डॉलर में वो साथ क्रॉप एंड री भी कर देंगे वो फ्री में आपको कर देंगे ये आप खुद देख सकते हैं बहुत सिंपल सी ये ट्रिक है अब यहाँ आप इस से आप हजारों डॉलर कमा सकते हैं अब ये इस, इसकी आपको मैं एक न्यू ट्रिक बताऊंगा एंड पे इसको पहले मैं दिखा दू आपको ये क्या कर रहे हैं, ये भाई साहब कर रहे हैं 10 इमेज सेट करके आपको देंगे और पांच डॉलर में देंगे डॉलर की ये प्राइस बनती है नौ रुपए और इनका स्टैंडर्ड पैकेज देख लें ये 10 डॉलर में दे रहे हैं 10 पिक्चर और ये प्रीमियम पैकेज इनका है ये 10 पिक्चर दे रहे हैं छत्तीस रुपए में और ये करके क्या देंगे इसमें आई वी रिमो बैकग्राउंड 80 प्लस आर 20 विद बेस्ट क्वालिटी ट्वेंटी पिक्चर आप 80 प्लस पिक्चर आपको सेट करके देंगे ये ट्वेंटी डॉलर में उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से जरूर शेयर करें थैंक्स फॉर वाचिंग